आने वाले लोकसभा चुनावों में बीजेपी और मोदी को घेरने के लिए विपक्ष ने कवायत तेज की कर दी है इसी कवायत के तहत बिहार के सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम एम तेजस्वी यादव सीएम ममता बनर्जी से मिलने बंगाल पहुंचे। ममता बनर्जी भी नीतीश कुमार का स्वागत कुछ इस प्रकार किया तीनों बड़े नेताओं के बीच आने वाले लोकसभा चुनावों को लेकर के कई मुद्दों पर मंथन किया गया इस बड़े मीटिंग में कुछ इस बार अलग देखने को मिला पहले चीज़ तो ये मीटिंग एक बेहद सामान्य कमरे में की गई लकड़ी की तीन कुर्सियाँ और बीच में एक टेबल और दूसरी बात ये जब तीनों प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो ममता बनर्जी बीच में बैठाया गया था और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो बैकग्राउंड था वह हु पी मोदी के तिरंगे वाले बैकग्राउंड के तरह था यह देखिए अक्सर प्रधानमंत्री मोदी ऐसे बैकग्राउंड के साथ में देखे जाते हैं बैठक के बाद नीतीश कुमार ने कहा कि बातचीत बहुत बढ़िया रही देश का पुराना इतिहास है और आजादी की लड़ाई है तो उन सब चीजों को नई पीढ़ी तक सब तक सब दिन के लिए लोगों को रखना चाहिए तभी लोग पता नहीं इतिहास को बदल देंगे क्या करेंगे तो सब लोगों को अलर्ट होना है इसलिए हम लोग सब लोगों से बातचीत और बहुत अच्छी बातचीत हुई है और फिर इसके आगे आवश्यकता अनुसार जब होगा तो हम लोग सब एक साथ और अन्य पार्टियों को सबको एक साथ करके और बैठ करके बातचीत भी करेंगे और आगे के बारे में तय करेंगे यही बात हुई है।, है, है इस मीटिंग के बाद ममता बनर्जी ने कहा कि हम लोग एकजुट हो गए बीजेपी को हीरो से जीरो बनाने के लिए हम तैयार है हमने खुश है कि हमारा इधर में आई हुई है बंगाल में हम तो नीतीश जी को यही रिक्वेस्ट किया है कि नीतीश जी देखिए जयप्रकाश जी का जब मूवमेंट हुआ था बिहार से हुआ था अगर हम बिहार में और पार्टी मिलके मीटिंग करें एक पहले घरवा मीटिंग उसका बाद में तैयार करें बाद में कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है क्या मैनीफेस्टो है वो सब बाद में बताएंगे लेकिन पहले एक साथ में एक मैसेज कर देना है कि हम लोग सब एक साथ में है हमारा तो हम तो पहले से आप लोगों को कह चुका कि हमारा इसमें कोई ऐतराज़ नहीं है हम चाहते हैं बीजेपी जीरो बन जाए बहुत बड़ा हीरो बन गया कोई कुछ नहीं करके मीडिया का सपोर्ट में और नैरेटिव बना के खाली झूठा बात करके एक वीडियो बना के और फेक बात करके और गुंडा गद्दरी करके ऐसा नहीं चल सकता है तो इसी के लिए नीतीश जी सबके साथ सब बात करेंगे हम भी बात कर रहे हैं तो एक साथ में मिल के हम लोग चलेंगे हमारा कोई पर्सनल लिगो का कोई बात नहीं है हम कलेक्टिवली इसके साथ ही नीतीश कुमार यूपी में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव को साथ लाने की कवायद में जुटे हैं कुछ दिन पहले नीतीश कुमार ने तेजस्वी के साथ दिल्ली में राहुल गांधी से भी मुलाकात की लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र यूपी बिहार और बंगाल अहम तीन राज्यों की एक सीट यूपी में 80 लोकसभा सीट बिहार में चालीस लोकसभा सीट और बंगाल में बयालीस सीटों है तीनों राज्यों में कुल मिला के एक सौ सीट हो जाती है जो लोकसभा चुनाव के लिए एक बड़ा आंकड़ा है अभी बड़ी बात यह है कि अखिलेश यादव ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि वह कांग्रेस के साथ किसी भी मुद्दे में एक साथ कभी नहीं आ रहे हैं लेकिन बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने के चुनाव में उतरने को तैयार है विपक्षी लेकिन वो फार्मूला क्या होगा यह भी कहना बहुत ही मुश्किल है कॉमन मिनिमम प्लान क्या होगा यह भी अभी तय नहीं हो पा रहा है कांग्रेस की बाय डिफॉल्ट पीएम पद का दावेदार मान रहे हैं दूसरी ओर शरद पवार से लेकर के एशियाार तक नीतीश कुमार ममता बनर्जी तक और नीतीश कुमार तक सभी सपना सजाए बैठे हैं पीएम का महाराष्ट्र में कांग्रेस शिवसेना के साथ उनका महाविकास आघाड़ी गठबंधन दो के गठबंधन रहेगा भी या नहीं ये कह पाना मुश्किल है इसमें सबसे बड़ा सवाल है क्या 2024 में विपक्ष क्या मोदी के सामने युद्ध करने में लोकसभा चुनाव में क्या एकजुट हो पाएंगे महागठबंधन क्या अपना पीएम को चुन पाएगा मोदी के ख़िलाफ़ मैदान में उतारने के लिए क्या मोदी को टक्कर देना आसान होगा यह आने वाले दिनों में साफ कुछ ही दिनों के बाद तय हो जाएगा द ग्लोबली न्यूज़ अपडेट्स में और बीबीसी ट्वेंटी फोर आप इंटू में आप सबका स्वागत